चैलेंज आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे यहाँ पर आपको सेब और अंगूर दिखाई दे रहे हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए बीस ऑप्शन बी चौंतीस ऑप्शन सी छः या ऑप्शन डी इक्कीस आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए